गाइजर आपने फिल्मों में देखा होगा कि हीरो जब सिगरेट पी करके पेट्रोल के ऊपर फेंकता है तो सिगरेट से पेट्रोल में आग लग जाता है क्या सच में ऐसा होता है कि एक सिगरेट पेट्रोल में आग लगा सकता है तो ग ये चीज़ मुझे नहीं पता है कि एक सिकरेट से पेट्रोल में आग लगेगा या फिर नहीं लगेगा तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसी चीज़ को दिखाता हूँ कि क्या सच में एक सिकरेट से या फिर सिगरेट से पेट्रोल में आग लगेगा या फिर नहीं तो इस वीडियो को लास्ट तक जोर से देखिएगा और वीडियो को ऐसे बिल्कुल भी मत भी और हाँ आप इस चीज़ को दोहराने का कोशिश बिल्कुल भी मत कर तो चलो बिना टाइम का बाय हम इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं स्टार्ट तो दोस्तों इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमारे पास इस बोतल के अंदर पेट्रोल है मैं सिंपली इस पेट्रोल को इस ज़मीन के ऊपर गिरा दूंगा कुछ इस तरह से इसलिए तो मैं इसका ढक्कन खोलता हूं और पेट्रोल को इस ज़मीन के ऊपर गिराता हूं ये देखिए गैस अब गाय मुझे करना ये होगा सिंपली सिगरेट जला करके इसके ऊपर फेंकना होगा तो चलिए मैं जल्दी से जब तक ये पेट्रोल सूखता है उससे पहले मैं सिगरेट को जला करके कर इसके ऊपर फेंकता हूँ ये देखिए भाई ये है मेरे पास सिगरेट तो चलिए मैं जल्दी से जलते हुए सिगरेट को इसके ऊपर फेंकता हूँ तो यार ये रहा मेरा सिगरेट तो मैंने यहाँ पे एक सिगरेट ले लिया है और मैं सिंपली सिगरेट को भी जला दिया यहाँ पे हालांकि मैं सिगरेट पीता भी नहीं हूँ और गाय जार इस जलते हुए सिगरेट को मैं सिंपली इस पेट्रोल के ऊपर फेंकता हूँ पे आप देख सकते हो कि पेट्रोल में आग नहीं लगाया अच्छा। पे पे तो गाय पे आप देख सकते है की कुछ भी नहीं हो रहा नहीं तो चलिए मैं इसी चीज को आप जलते हुए इसमें जब प्लेम रहेगा तो उस चीज को मैं यहाँ पे डायरेक्टली पे आप देख सकते हैं कि तो में आग लगा हुआ है। अब मैं इसे यहां पे रखता हूं। और गाइस आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं हुआ ये देखो चलिए मैं एक लकड़ी जला के इसके ऊपर रखता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लकड़ी जो जल है जल रहा है जर आपने देखा कि मैंने जब जलते हुए सिगरेट को इस पेट्रोल के ऊपर फेंका तो सिगरेट से आग बिल्कुल भी नहीं लगा लेकिन गाजर मैंने जैसे ही जलते हुए लकड़ी को इस पेट्रोल के ऊपर फेंका तो पेट्रोल में जलते हुए लकड़ी से और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप देर किस बात में चलो फटाफट पड़ से चैनल को दो कर दिया तो चलिए अब मैं मिलता हूँ किसी नए एक्सपेरिमेंट के साथ जय हिंद जय भारत